भोपाल की बदहाल सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद नाराज नजर आए सीएम शिवराज ने मंगलवार रात भोपाल की सड़कों पर घूमकर औचक निरीक्षण किया उन्होंने बुधवार सुबह अपने निवास कार्यालय पर भोपाल नगर निगम और पीडब्ल्यू के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक बुलाई बैठक के दौरान उन्होंने सड़कों की दुर्गति पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात भोपाल की सड़कों का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान अधिकांश सड़कों के हाल बिहाल मिले मुख्यमंत्री ने प्रमुख मार्गों में जाकर सड़कों का हाल जाना उन्होंने सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं होने पर नाराजगी जताई और रिस्टोरेशन न करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही नहीं चलेगी खोदी गई सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी उन्होंने सड़क सुधार के लिए एक पखवाड़े का अल्टीमेटम दिया है पंद्रह दिन बाद फिर सड़कों की समीक्षा बैठक होगी कल मैं अचानक भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित थे हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहाबाद से होते हुए आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी ये कौन के पास है रोड नहीं ये बहुत दुर्गति है पीडब्ल्यूडीओ आप हो बता भोपाल में यह हालत है तो बाकी जगह क्या होगी वो तो, तो कल मैं उन सड़कों पर निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा नहीं देखिए रोज ये गड्ढे गड्ढे गड्ढे गड्ढे आते हैं भाई हम अकर्मण्य क्यों हैं बिल्कुल और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते तो अखबार देखो गड्ढों से भरे हुए क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ ऐसा थोड़ी होगा राजधानी में यह हाल तो बाकी जगह क्या होंगे भाई तो देखो इफेक्टिवली काम करूं मुझे ठीक नहीं लगा इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबरें पढ़ता मैं। मैं आप, आप कोऑर्डिनेट करें करें। और ठीक कर मुझे परिणाम चाहिए मैं 15 -20 दिन बाद फिर निकलूंगा उस रोड। आपको बता दें बरसात के बाद राजधानी भोपाल की सत्तर प्रतिशत सड़कें उखड़ चुकी हैं। मुख्य सड़कों के साथ कॉलोनियों की सड़कों में भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं शिकायत के बाद भी इनकी मरम्मत नहीं होती है इनकी मरम्मत के लिए नगर निगम के कॉल सेंटर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की जा चुकी है इसके बावजूद जिम्मेदारों ने अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है